करुणा रो प्रेम बरसा सभी जनों पे बरत रही है तुम्हारी कृपा से मेरी मैया तुम्हारी कृपा से मेरी मैया सभी की किस्मत चमक रही है तुम्हारी करुणा की प्रेम वरता सभी जनों पे बरस रही है तुम्हारी करुणा के प्रेम बरता सभी जनों पे बरस रही है तुम्हें भवानी तुम्हें हो अंबे तुम्हें भवानी तुम्हें हो माता जगत कल्याणी तुम्हें हो माता जगत कल्याणी तुम्हार महिमा च मेरी तुम्हारी महिमा से मेरी माता हमारी बगिला महके रही है तुम्हारी करुणा के प्रेम बरसा सभी जनों पे बरस रही है तुम्हारी करुणा के प्रेम बरसा सभी जनों पे बरस रही है हमारे रग रग में तुम बसी हो हमारे रग रग में तुम बसी हो तुम्हारी दर्शन की हमको चाहते तुम्हारी दर्शन कोई हमको चाहते हे मात मेरी हे हमारी आखिया तेरे तरती को तरस रही है तुम्हारे करुणा के प्रेम में बरता सभी जनों पे बरत रही है हम हैं तुम्हारे और तुम हमारे हम है तुम्हारे और तुम तुम्हें हमारे हमारे सर्वस और प्राण प्यारे हमारे सर्वस और प्राण प्यारे तुम्हारे पाई से मेरी मैया तुम्हारी पारी से अब निरंतर सुधा की बूंद बरस रही हैं तुम्हारी करुणा के प्रेम वरसा सभी जनों पे रही रिए तुम्हारी करुणा के प्रेम बरसा सभी जनों पे बरस रही है तुम्हारी कृपा से मेरी मैया तुम्हारी कृपा से मेरी मैया सभी की बलिया माट रही है तुम्हारी करुणा के प्रेम सभी जनों पे ब्रत रही है तुम्हारी करुणा के प्रेम बरसा सभी धनों पे बरसे रहे